तो देखिये 20 बाय 25 फीट में मैंने ये तैयार किया गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन गेट थ्री बेडरूम्स वन टू थ्री वन बाथरूम वन डाइनिंग हॉल वन किचन एंड वन सब्सक्राइब बटन गाइस